कहते हैं प्यार में अक्सर लोग सब कुछ हार जाते हैं पर हार कर भी जिसको प्यार में मज़े आते हैं वही सच्चे आशी कहलाते हैं